मनुष्य जीवन का अंतिम और शाश्वत सत्य है उसकी मृत्यु हमारे जन्म के बाद ही हमारी मृत्यु की ओर की यात्रा शुरू हो जाती है न जाने कब कहा चलते फिरते आपका अंतिम समय आ सकता है पर अगर आपको इसके बारे में पहले से पता हो तो यानी आपका अंतिम समय कब आएगा आपकी मृत्यु कब होगी इसके बारे में अगर आपको पहले से ज्ञात हो तो यह सब चमत्कार सा लगता है पर आप सभी को पता है कि राजा परीक्षित को सात दिन पहले अपनी मृत्यु का ज्ञान हुआ और उन्होंने खुद का उद्धार करा लिया वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग की प्राप्ति कर चुके लेकिन अब आप कहेंगे कि उन दिनों धरती पर देवताओं का वास था उन्हें योग्य गुरु का मार्गदर्शन था इसलिए यह सब हुआ पर क्या आज के समय में यह सब हो सकता है तो इसका सीधा सा जवाब है जी हां बिल्कुल हो सकता है हम आज भी अपने अंतिम समय के बारे में कुछ महीनों पहले कुछ साल पहले जान सकते हैं और इस सारी जानकारी को समय का ज्ञान यानी काल ज्ञान कहते हैं दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का जय क्य भक्ति पर अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि ऐसे ही दुर्लभ जानकारियां आपको इस चैनल पर मिलती रहती है दोस्तों दत्तात्रेय भगवान के तंत्र ज्ञान में इस काल ज्ञान का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है खुद भगवान शिव ने हमें इसके बारे में अधिक जानकारी दी है जिससे हमें पहले से ही अपनी मृत्यु का ज्ञान हो सकता है इसमें तीन साल से लेकर पंद्रह दिनों के पश्चात आने वाली मृत्यु के बारे में सटीक जानकारी दी है तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को भगवान शिव है कि आहोरात्र वहनम मरु तो भवे तदा तवेदाय संपूर्ण संवस्त्र इसका अर्थ यह होता है संपूर्ण एक दिन और एक रात अगर आपकी एक ही नासिका से यानी बाई अथवा दाहिनी नाक से स्वर चल रहा हो तो उसके पास केवल तीन वर्ष की आयु शेष है उसके बाद शिव कहते हैं अहोरात्र शश्वतम पिंगलाया सदागति तस्वर्षद प्रोक्तम जीवित तत्वेद भी अर्थात दो दिन और दो रात तक दाहिनी नाक से अगर आपके श्वास चल रहा हो इसे पिंगला नाड़ी भी कहते हैं इससे अगर आपका श्वास चल रहा हो तो उस व्यक्ति के पास दो वर्ष तक की आयु शेष है उसके बाद शिव कहते कि त्रिरात्रम वहते यायु रेख पुटे स्थित रहा संवस्तरम तदाचायु प्रवदानते मनीश्वर अर्थात तीन रात तक लगातार एक ही नाक से बाई अथवा दाहिनी नासिका से अगर स्वर चल रहा हो तो उसकी आयु केवल एक ही वर्ष शेष आगे कहते हैं रात्रो चंद्रो दिवा सूर्यो मासमेकम निरंतरम भवेन मृत्यु ध्रुवम अगर लगातार एक महीने तक रात को ईडा नाड़ी यानी बाईनासिके से स्वर चल रहा हो और दिन में पिंगला नाड़ी यानी दाहिनी नासिका से स्वर चल रहा हो तो उस इंसान की आने वाले छह महीनों के भीतर मृत्यु हो सकती है आगे कहते हैं कि न दृष्टा नासिका एन नेत्रे भ्रमर दर्शनम शन मास मृत्यु यदि पाती पिता यानी अगर आपको अपनी नाक की नोक दिखाई नहीं देती और अपनी आंखों के सामने भृंग नजर आते हैं कीड़े नजर आते हैं तो वह परम पिता ब्रह्मदेव का रखवाला भी हो तो भी उसकी छ महीनों के अंदर मृत्यु हो जाती है उसके बाद वह कहते हैं स्नान से समय जुनम निरीक्षित हृदय शुष्क तस्य जीवनम् अर्थात नहाते समय हमें अपनी मृत्यु का ज्ञान हो सकता है अगर स्नान करते वक्त आपका पूरा बदन भेगने के बावजूद आपका हृदय सूखा हो तो छह महीनों के भीतर आपकी मृत्यु हो जाती है आगे कहते हैं कि बुद्धि ज्ञान क्रियाहीनों विपरीतस्तु जायते दिवस नवे न मृत्यु सत्य में संशय बुद्धि ज्ञान और क्रिया सीधी न होकर इसके विपरीत हो जाए तो निसंशय दो महीनों के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है और अंतिम श्लोक में शिव कहते हैं संपूर्ण बहते सुयः सोमेश न दृश्यते पक्षि जायते मृत्यु कारत नेर आपके स्वर की पिंगला गति हो यानी आपकी दाहिनी नासिका से स्वर चलता हो और आपको बाई ओर कुछ भी दिखाई दे तो दिनों के भीतर उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है तो दोस्तों यह कुछ अद्भुत और दुर्लभ जानकारी हमने आपके साथ साझा की आपसे शेयर की आपको ये जानकारी हमारे वीडियो कैसा लगा आप कमेंट द्वारा हमें बता सकते हैं आपके सुझाव या सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट करना ना भूलें तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ आपके अपने चैनल जय के भक्ति पर तब तक के लिए नमस्कार